नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आज दोस्तों मैं सौर ऊर्जा लाइट को अनबॉक्सिंग करने वाला हूं सॉरी अनबॉक्सिंग कर चुका हूं उस उस प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि, कि कितना यूज़फुल है प्रोडक्ट आपके लिए तो ये हमारा प्रोडक्ट है इसमें चार लाइट दिया हुआ है और इसका लाइट बहुत ही ज़बरदस्त है और पूरे कमरे भर में रोशनी के लिए काफ़ी है तो चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ इसके साथ अनबॉक्सिंग तो कर चुका हूँ इसको यूज़ भी कर चुका हूँ इसलिए मैं वीडियो बना दिया काफ़ी अच्छा है काफ़ी मस्त प्रोडक्ट है और ये चार्ज होने में दो तीन घंटा लगा लेता है और उसके बाद पूरे रात और दिन चौबीस घंटे के लिए लाइट दे सकता है ये उसका केबल है चार्जर केबल इसको यहाँ पे प्लग इन करते हैं यहाँ पे। ये। और इसमें पैनल दिया हुआ है सौर पैनल है जो सौर सूर्य के प्रकाश से भी चार्ज हो सकता है और आपके पास करंट है तो करंट में भी यह चार्ज हो सकता है अब इसके लाइट के बारे में और ये जैसे कि अब चार्ज होगा सूर्य के प्रकाश में तो ये लाइट बल्ब ग्लो करने ग्लो, ग्लो करेगा और ये काफ़ी मस्त प्रोडक्ट है इसको अगर परचेस करना चाहते तो मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वहाँ पे वहाँ कर जा कर आप परचेस कर सकते हैं इस तरह वीडियो में लाता रहता हूँ दोस्तों कि आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है इसके बारे में पूरी जानकारी देता रहता हूँ तो आप मेरे चैनल पर नए हैं अगर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और साथ ही बेलाइकन के बटन को दबा दीजिए तो और इसके बारे में आप थोड़ी से और इसका बैटरी इमेज बहुत ही अच्छा इमेज है इसमें और ये लटकाने वाला या वो वा है हैंड और इसे लाइट है दो प्रकार का है एक ये काफ़ी ज़बरदस्त है अंधेरे के लिए भी और ये एक ये बंद कर देते हैं तो यहाँ पे वीडियो को विराम देते हैं वीडियो तो पूरा हो गया तो प्लीज़ दोस्तों बहुत ही यूज़फुल है ये प्रोडक्ट है। इसका एमआरपी तो मैं नहीं बताने वाला एमआरपी को आप स्वयं ही जाकर परचेज़ कर लीजिए देख लीजिए बहुत मस्त प्रोडक्ट है चलो शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फिर मिलेंगे अगले वीडियो में